ग्राहक ने सुबह ही हार्ड पैक बना, आज बेजा लड़ाई बे मेरी बुढ़ा उन्न के जवानी चढ़ी है लड़कन के तो ठीक है ठीक है बुढ़ा के जवानी नहीं मेरी अंत लड़ा देर न हो जाए कहीं कही देना हो जाए जल्दी से आ जाए तू जल्दी से आ जाए के या बुलावा था महाराज है उम्र का यहाँ खयाल बुलावे लग तो तु सुन दुकानदारी मतलब है मोरे मामले में टांग न आ कुछ बावाला वाल। आ गई। अब तक थी। फोन कर कर, कर, -कर, कर, -कर दिमाग का है ये दिन भर तो तैयार ने रात सारी फोन लगा लगा चलो अच्छा चल बता प्यार की खराबी है हमे को मिलती ही नहीं आये साल के कैसे जाती है साठ साजू फ ने सारू उठा ड मसको सारे, जो सारे, उठाए सारे गुले आला साइ बाहर कर तुम पानी मा बो रहा हमारे कहा खराब भी है में तुम सौ सौ साल के बुजुर्ग बैठा वो गाय पास के जो आने आदमी फेल करके निकल जाता वह बउआ अपन अपन टाइलेंट भूत है जो टाइलेंट के इस्तेमाल करिए बस जिंदाबाद बात लागा तुम की तुम अपन सोचा? करिये यार रात एक ट्रेन पकड़ी है स्टेशन से कानपुर और ऐसी लग के डायरेक्ट सूरत बैठ चली वहाँ अब वही कुछ काम वाम कर बे ढूंढ गाँव गाँव वाले कुछ मिले ले कर बेठे लिया चला ये ये जा थे, रोज थे। मैं मैं तो चलिए, सब कुछ, मैं ठे एक ठेलिया बुक कर रहा काई पी है मुड़ मुड़ दिया वो का कहा तो थे, साल को हो जाते। चालू उठा मस्के, तो आजकल बाड़ के आज कल बूढ़ा का के सूरत नहीं कर जाते भैया तुम ऐसे ना करियो ठीक है अब भागा भोगी तो बिलकुल ना करियो हाँ भैया अब ध्यान से सुना सौ का इनाम रखूगा जो कुमार वीडियो ज्यादा देखी और जब उन ज्यादा लाइक करी सब्सक्राइब करी तो वही सौ मिली है हाँ नीचे कमेंट में अपन नंबर भेज दो पेटीएम वाला बस इतना जरूर करियो हूँ के सर लाइक करी रहा बस तुम्हार प्यार हमारे साथ जय हिंद